ऐसे तुझसे दिलना लगा है कोई रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है उसने की हाली ती जोरिया केसरिया तेरा इश्क to be झड़के मौसम में भी रंगी चना रोजे